सो so, हेलो दोस्तों एक भाई ने क्या कमेंट किया पता है आप सभी को उसने बोला कि यार तू ज्ञान पेलना बंद कर दे ज्ञान बांटना बंद कर दे दोस्त ऐसे ही ना यदि कोई ज्ञान नहीं देते कोई यदि ज्ञान बांटते नहीं तो आप भी एक दिन मूर्ख ही रहते क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते और आप कुछ करना नहीं जानते ओके जब वो बता रहे हैं कुछ शेयर कर रहे हैं तभी जो हम सीखते हैं जानते हैं वैसे ही जब मैं इस मार्केटिंग के बारे में जाना समझा तो पूरा मुझे मदद किया वो यूट्यूब ही था ठीक है YouTube में मैंने सीखा जाना समझा था कि इसमें क्या चीज़ होता है कैसे होता है तब जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूं और इन सारी चीज़ों को जो है कोई ऐसा इंसान जो हमारा हमारे फ्यूचर में आ रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चे लोग जो बारहवीं पास किए हैं और कॉलेज में एंट्री करते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे लोग जो हैं वो गलत मार्केटिंग में ना जाएँ गलत नेटवर्क में ना जाएँ इसलिए मैं बताते रहता हूँ कि आप कौन सा सही है कौन सा गलत है किसको आपको करने चाहिए और किसको नहीं ओके ओके okay? अगर आपको गलत लगे तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो